हेलो दोस्तों नमस्कार आप लोगों को पता है कि एक ऐसे मैस आ रहा है ई पर अपना वर्तमान पता अपडेट करें सी एस सी या ईस्रम सम जी ओ वी इन पर जाके जाएं ठीक ये मैसेज आ रहा है ये मैसेज में, से में से... इस मैसेज में, में क्या हुआ कि जब तक आप लोग अपना ईस्रम कार्ड पर अपडेट नहीं कराएंगे वर्तमान पता अपडेट नहीं निकालेंगे तब तक आप लोगों को कि दूसरी किस्त जो दूसरी किस्त आ रही सौ रुपए की वो आपकी किस्त नहीं आएगी इसलिए वो वर्तमान अपडेट मांग रहा है और आप लोगों को जब भी आ, ये लिंक भी आ रहा है इसमें आप क्लिक करेंगे एसएमएस पे तो आप सीधा वेबसाइट पे भी जा सकते हैं ठीक थोड़ा नेट स्लो होने के कारण हमारा ये आपके साथ वेबसाइट खुलेगी इस पर आके नीचे आप इस कॉल करोगे तो आप लोगों को पता होगा कि इसम कार्ड में कितने रजिस्टर हो गए यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा तो नेट स्लो होने के कारण यहाँ दिखा नहीं रहा है ठीक यहाँ पे दिखाएगा और आपको वर्तमान अपडेट पता करना एक आपकी योजना भी चल रही जिसमें क्या होता है कि मानधन योजना है ठीक अगर आप इसमें एक्टिवेट करोगे तो आपको साठ साल के बाद पेंसिल के रूप में तीन हज़ार रुपये दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से ठीक और आपको इस इस पर इस लिंक पे आके क्लिक करना है आप रजिस्ट्रेशन रे, पे पहुंच जाएंगे ठीक क्लिक करना है इस लिंक पे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने एक ये पे यू होगा ठीक है ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी होता है डायरेक्ट ये आप से रजिस्ट्रेन भी कर सकते हैं, और अगर आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन अपडेट करना है तो ये तीन थ्री डॉट लाइन आएंगी या तो फिर आपका ये और आलरेडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो ठीक है आपको क्या करना है अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म होगा जो आपके इस श्रम कार्ड पर मोबाइल नंबर डला है वो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ये कैप्चर कोड फिल करेंगे जो भी आकर कैप्चर कोड रहेगा कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी टी क्लिक करना है सेंड ओटीपी टी क्लिक करेंगे आपके पास एक एसएमएस में ओटीपी आएगा जो आपका मोबाइल नंबर लगाओ थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए दोस्तों जो भी आपका ओटीपी टी पी आएगा हाँ ओटीपी फिल करेंगे ठीक सबमिट पे क्लिक करेंगे सबमिट पे क्लिक करने के बाद अपना जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा आधार कार्ड नंबर डालेंगे ठीक यहाँ से आपको आधा कारण नंबर डाल सेंड ओ टी पी भी आप फिंगर प्रिंट फिंग, फिंग वाए फिर सीएससी एस सी पे सी एस सी जाकर भी आप करा सकते हैं अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग इस अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिससे कि मैं आप लोगों की सुविधा और आगे की प्रोसेस बता सकूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई भी आपको ये तीन ऑप्शन होते हैं सर ठीक है एक फिंगरप्रिंट होता है ओटीपी होता है और आई का होता है ये तीन ऑप्शन होते हैं आपके इन तीनों ऑप्शन में किसी पे भी आप क्लिक करके कर सकते हैं और ओटीपी टी क्लिक करने का ये है कि जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा होगा जो आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर एस एम ठीक सर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें